मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत दिए जाने वाले सामानों की गुणवत्ता में खराबी पाई गई जिसकी शिकायत मिलने पर कमल पटेल ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाय योजना के तहत हर जिलों में सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखे जा रहे हैं इसी के तहत छिंदवाड़ा में भी सामूहिक विवाह रखा गया था जिसमें कई जोड़ों की शादी कराई गई जब इस ने कहा कि मुझे मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया था की कन्या विवाह एवं निकाय योजना में जो सामग्री कन्याओं को दी गई है उसमें खराबी है और ये सब खराब सामग्री अधिकारियों की मिली भगत से दी जा रही है जिस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी इन्होंने जब उसका निरीक्षण किया जो सामग्री आई उस सामग्री में हर उसमें पाई गड़बड़ी और इसलिए इन्होंने कहा कि अगर ये वितरित होती तो बदनामी किसकी होती है माल खाते ठेकेदार और इसलिए मैंने अधिकारियों को बुलाया उनसे पूछा उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ कुछ चीजों में घटिया चीजें आई है जो कमरे का वितरण नहीं करेंगे हमने उसको रोक लगा दी हम घर पहुंचा देंगे बेटियों के घर तो। लेकिन क्वालिटी की चीज होगी जो गुणवत्ता उसमें मापदंड है उस मापदंड के अनुसार ही होगा ठेकेदार को कोई पेमेंट नहीं होगा उसको और उसके कुछ करके अगर दोषी भी अगर इसमें अधिकारी कर्मचारी होगा तो उसके खिलाफ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसल